वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कोट विश्यामंदन टू डायरी व्हीलर राइट राइट ट्राइंगल स्टार पैटर्न प्रोग्राम सी लैंग्वेज अगर मेरे Facebook, Instagram एंड Twitter पर पेज को फॉलो न करो तो प्लीज़ जाकर फॉलो करो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे YouTube पर नए हो नए यूजर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेलकन वीडियो का स्क्रिपल करना लास्ट तक देना लोग सीखेंगे स्टार राइट ट्राइंगल पैटर्न प्रोग्राम जो प्रे... अगले वीडियो में जो हम लोग इस साइड पैटर्न प्रोग्राम पढ़े थे आज इस साइड से देखते हैं कैसे प्रिंट होगा ट्रिक हम लोग समझ लेंगे चलते हैं पहले इसलोग इसका सेव बना दें हर स्टार का ब्लॉक बना दें यहां पर हर स्टार का ब्लॉक बन गया इसे हम कॉल रो कह जाता है कॉल रो होता है मीनी रो हो गया मीनी ऑफ कॉलम यहाँ पर लिख हम लोग वैल्यू लो को पुट करेंगे जी आई इक्वल टू फाइव जे इक्वल टू फाइव रो कलम सेम है अब इधर से कम स्पेस देख लो कितना हो तो रहा है वन टू थ्री फोर फोर स्पेस पेन ए वन टू तो थ्री स्पेस पेन वन टू तो टू तो तो स्पेस स्पेस ख़त्म करने के लिए हम लोग ऐसी स्पेस बनाने के लिए हम लोग एक स्पेस फंक्शन साथ प्रिंट लगाएंगे जो लूप की सहायता से स्पेस प्रिंट करेगा हम लोग का चलो देखते हैं कैसे होता है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तो आप लोग लिख सेक्शन लिख देंगे फैन वाइडमैन वायडमैन कल शो पेन के जो J, J हो गया स्पेस के लिए प्रिंट के लिए हो गया लुफ चलाने के लिए होगा। for हो गया टू वन संकलोन आई क्रिएटर इक्वल टू फाइव semicolon open and for loop i J, J, J equal one, one, one, J, greater equals five minus I two minus I loop, यहाँ पर जे प्लस प्लस कर देंगे तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे हम लोग स्पेस प्रिंट करने के लिए डबल कोट स्पेस प्रिंट कर दिया हमने हम लोग वन कर दिए यहाँ इनर फॉल रूप अगेन इनर फॉल यहाँ के स्टार प्रिंट करने के के इक्वल वन के ग्रेटर इक्वल आई सेमिकोल के प्लस प्लस यहाँ पकड़ फ़ंक्शन लगा स्टार पिन होता है स्टार पिन कर यहाँ पे फ़ंक्शन लगाएंगे स्लैश एम के लिए आप जानते ही हैं नेक्स्ट लाइन के लिए होता है स्लैश स्लैस गेट सी एच तो अब देखते हैं हम लोग इस पर राइट डाउन प्रोग्राम कर रखे और सिस्टम पर हम करा कर देख रहे हैं ऐसा हो भी होगा एकदम क्लियर यही आएगा यहाँ आप समझ लो कुछ ये कैसे हो रहा है स्पेस प्रिंट मतलब फाइव आई कम वन होगा पहले फर्स्ट तो आप फोर स्टेज प्रिंट करेगा फिर टू होगा फिर थ्री स्पेस प्रिंट करेगा फिर टू होगा फिर दो स्पेस प्रिंट करेगा फेन फोर होगा फेन वन प्रिंट करेगा ऐसे ही फिर जीरो हो जाएगा फाइव हो जाएगा तो जीरो प्रिंट करेगा उसपे दोस्तों हम लोग प्रोग्राम विंडो ओपन कर दिया ऐसा इंटरफेस है एप्लिकेशन प्रोग्राम का इंटरफेस है हम लोग सिर्फ पहले प्रिंट कर दे जिस डिजाइन जिस तरह का हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं आउटपुट लाने वाले स्टार पैटर्न प्रोग्राम राइट ट्रैंगल स्टार पैटर्न प्रोग्राम इसे हम लोग कॉल्ड पुकारते हैं कॉल करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिंक सेक्शन राइट डाउन करेंगे जो हच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हच इंक्लूड गोनियो डॉट एच जो डायरेक्ट लाइब्रेरी से प्रोग्राम को लिंक कराता है ये अगर सिस्टम पर अगर टाइप ना करें तो सिस्टम एरर फ्लो कर देगा एकदम क्लियर टाइप होना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट लाइन डिवाइड में मेंस फंक्शन होता है जो हम लोग का वैल्यू आउटपुट में क्रिएट करता है वैल्यू उसके बाद कैलिवन आई वेरिएबल करेंगे आई कोमा जे कोमा के आई वेरिएबल एग्जीक्यूट करने के लिए होता है आई वैल्यू एग्जीक्यूट करने के लिए जे से एग्जीक्यूट करने के लिए होता है और के स्टार प्रिंट करने के लिए हम लोग तीन वेरिएबल यूज करेंगे इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप हम लोग यूज कर लेंगे आई के आई कॉल टू वन सेमी आई क्रिएटर इकॉल सेवन सिक्स जो भी ले सकते हो तो मैं सिक्स लिया आई प्लस प्लस अगेन कर ली ओपन करके अगेन इनर फॉरल यूज करेंगे जो स्पेस को प्रिंट कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर जे इक्वल टू वन सेमीकोलॉन जे ग्रेटर इक्वल सिक्स माइनस आई नंबर ऑफ रो माइनस आई सेमिकोलॉन ये प्लस प्लस हम लोग करेंगे जो इंक्रीमेंट कर रहा है ऑपरेटर को सेविंग कलेवेसो से ओपन फैन इनर अगेन इनर फॉल नहीं पहले हम लोग प्रिंट करेंगे स्पेस को डबल कोट के अंदर ये स्पेस प्रिंट होता है थोड़ा स्पेस बना दो उससे के अंसर ही प्रिंट हो जाएगा स्पेस उसके बाद इनर फॉल अगेन करेंगे जो के करेंगे के वे, वेरिएबल के साथ एग्जीक्यूट करेंगे के इक्वल टू वन सेमी कॉलोन के ग्रेटर इक्वल टू आई क्योंकि आई के अकॉर्डिंग स्टार प्रिंट करेगा फर्स्ट स्टार वन उसके बाद टू उसके बाद थ्री उसके बाद फोर उसके बाद फाइव ऐसा स्टार्ट करेगा फिर उसको प्लस प्लस प्रिंट कर देंगे फिर कल करके प्रिंटर फंक्शन लगाएंगे इसमें सेमी कॉलोन डबल फुट के अंदर स्टार प्रिंट होता है सब करेंगे उसके बाद फिर फंक्शन लगाएँगे अगेन स्लाइस अगेन करेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए कैलिब्रेश ओपन गेट सी एच ये वैल्यू को आउटपुट एकदम क्लियरी आउटपुट सोल्व कर देपन अब कंपाइल करेंगे हम लोग प्रोग्राम को क्या हम लोग प्रोग्राम को बना रखे वो सही कोड लिख रखा था, टाइम यहाँ पे रह रहा कहीं थोड़ा तो सा मिस्टेक होगा यहाँ पर देखो यहाँ पर एप एप टाइप करना भूल जाएगा इसलिए आ रहा था अब यहाँ पर देखो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा सक्सेसफुल आ हो गया अब हम लोग रन करेंगे यहाँ मेरा पैटर्न सेफ हो रहा है अगले प्रीवियस प्रोग्राम के लिए है इसको हम लोग डिस्प्ले क्लियर करेंगे यहाँ सी एल आर ए सी आर को लगा लगा कर यूज करेंगे सी एल क्लियर फंक्शन है जो सो डिस्प्ले को एकदम क्लियर कर दे लगाते ही और रंग करेंगे देखो मेरा प्रोग्राम कॉले हुई सेफ डिज़ाइन प्रिंट हुआ थैंक्स फॉर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सी यू नेक्स्ट टाइम